शादी ही जो करनी थी तो मुझसे क्यों क्यों क्यों प्यार किया? किया? किया? जैसा जैसा मेरा मेरा पत्थर से वार किया? जैसा दिल ये, मेरा पत्थर से से वार वार तूने औरों को जो चाहा था तो मुझसे क्यों इकरार किया तूने औरों को जो चाहा था तो मुझसे क्यों इकरार किया शीश जैसा दिए मेरा से क्यों वार किया शीश जैसा दी जुल्फों की साइनिंग से तेरा चेहरा चमकता है तेरी जुल्फों की शाइनिंग से तेरा चेहरा चमकता है तेरी मेरी ये सांसें जब जब मिलती है मेरा ये मन है तेरी की साइनिंग से मेरा चेहरा चमकता है नीचे जाऊं हुए हचर हचर ऊपर जाऊं नीचे जाऊं हुए हचर हचर तोरे छतिया के बेकर तोरे छतिया के बेरे कर ऊपर ऊपर जाऊं जाऊं जाऊं जाऊं हचर हचर हचर हचर छतिया के बेरे बेरे कर तोरे छतिया के बेर मारी चुक तो खुले तो खुली तोहर हु तोरा परेशानी लेके चली भीतर देख तोरा परेशानी लेके चली भीतर तोरे छतिया के बेरे कर तोरे छतिया के बेरे कर